बहुत बहुत स्वागत है और दोस्तों तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अल्टीमेट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको एक ऐसा म्यूजिक के बारे में बताने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आपका खुद के कानों से विश्वास उठ जाएगा और दोस्तों ये रिंगटोन होगी जिसको आप अपने मोबाइल में लगा सकते हो और अपने दोस्तों को सबको चौंका सकते हो दोस्तों यकीन मानना बहुत ही लाजवाब रिंगटोन है थ्री रिंगटोन है थ्री आवाज होगी सब कुछ आपको अभी दिखाऊंगा कैसे कैसे आपको अपने मोबाइल में सेट करनी है इसके अंदर कुछ अल्टीमेट फीचर भी मिलेंगे जो कि अलग अलग तरह के फीचर है उनके बारे में सबको मैं आपको बताऊंगा और इस वीडियो को आप पूरा देखना हो सके तो ओके और सभी दोस्तों को जो है अपने शेयर करना और वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते वीडियो को शुरू करते हैं। रिंग तो आप सभी के मोबाइल में होती है मेरे भी मोबाइल में होती है आपके भी मोबाइल में होती है लेकिन यदि बात करें थ्री डी रिंगटोन की तो वो किसी के मोबाइल में नहीं होती है तो यहाँ पर आपको एक काम करना है प्ले स्टोर के अंदर जाना है और आपको सर्च करना है लेकिन ध्यान से देखना है यहाँ पर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ यदि यहाँ पर आप सर्च करेंगे आकर एक एप्लीकेशन का नाम जिसका नाम है थ्री रिंगटोन साउंड लेकिन आपको देखना है कि यहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाएगी जो कि दवा करते हैं हम 3D म्यूजिक देंगे आपको 3D रिंगटोन देंगे लेकिन ये कुछ भी नहीं देते ज्यादातर फर्जी अप्लीकेशन रहती है है ना लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ जिस म्यूजिक के बारे में बताने वाला हूँ उसको ला है इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इस अप्लीकेशन का लोगो देख लेना जिसका नाम है थ्री साउंड रिंग इसका लोगो देख लेना और यही अप्लीकेशन डाउनलोड कर ठीक है दोस्तों ध्यान से करना है इसको और उसके बाद जब आप इसको ओपन करेंगे इस तरह से ये अप्लीकेशन ओपन हो जाएगी अब आप यहां पर देख सकते हो जो इसका इंटरफेस है वो डार्क थीम में है ओके जो कि अलग ही लगता है बहुत ही लाजवाब लगता है और यहां पर आपको डिफरेंट कैटेगरी के, के डिफरेंट म्यूजिक मिल जाएंगे बस आपको ऊपर बढ़ते जाना है यहां पर हर किसी की आवाज़ आपको मिल जाएगी थ्री में वो चाहे एक कार हो वो चाहे एक बूथ हो वो चाहे एक खिलौना हो वो चाहे एक गन हो वो चाहे एक तोप हो सभी आवाज़ें यहाँ पर आपको मिलेगी वो भी थ्री में जो भी आपको अच्छा लगे उसको अपने रिंगटोन बनाने के लिए यहां पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद काफी सारे ऑप्शन खुल जाएंगे यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है रिंगटोन का ऊपर की साइड देखना यहाँ पर यदि यह आप क्लिक करेंगे तो आपके पूरे मोबाइल की रिंगटोन पे सेट हो जाएगी ये टोन यदि आप चाहते हो कि पर्टिकुलर एक नंबर पर सेट हो तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद वो नंबर आप सेलेक्ट कर लेंगे जिसपे आप करना चाहते हो और वो पर्टिकुलर एक नंबर पर सिलेक्ट हो जाएगी इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन मिलेगा मैसेज का मैसेज पर अलग से सेट कर सकते हो अलार्म की अलग से सेट करते हो और यदि आप चाहते हो टोन हट जाए, तो आप यहां यहां पर पर नीचे साइड जो है क्लिक क्लिक कर सकते हो पर आप किलिक, ए, किलिक करेंगे चलिए मैं करता हूं और यहां पर क्लिक करने के बाद है सबसे नीचे कट यहाँ पर कोई भी टोन को सेट कर सकते हो अलग अलग तरीके से तो मैं इनको आपको बजाकर नहीं दिखा सकता डे टू यूट्यूब कॉपी बट आप इनको यूज जब करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है तो दोस्तों ऐसा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना तो